हुकूमत वही करता है जिसका दिलों पर राज हो, वरना ही तो गली के मुर्गों के सर पे भी ताज होता है